तो क्या आप जानते हैं कि सी भरवाते वक्त आपको गाड़ी से नीचे उतरना क्यों पड़ता है या फिर क्या कोई आईडिया है कि सांडे का तेल असल में होता क्या है अच्छा ये तो बताओ कि एक एक टूथपेस्ट ट्यूब से हमेशा पेस्ट इस मस्त से पैटर्न की शेप में बाहर कैसे आता है ये मिक्स क्यों नहीं होता अगर नहीं भी पता तो भी कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत नहीं क्यूँकी अगले कुछ मिनटों में बता जाऊंगा ऐसा बहुत कुछ जो बना देगा आपको पहले से ज्यादा सजग और समझदार भी तो हो जाइए तैयार एक बार फिर और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटिया बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर Facts on your face. Fact नंबर वन दोस्तों हमारे शहरों में सी एन जी गाड़िया बहुत पॉपुलर है गाँव में अभी नहीं है क्यूँकी सी एन जी पंप ही नहीं है खैर आपने अगर कभी किसी सी गाड़ी में सफर किया होगा तो आप जानते होंगे कि फ्यूल स्टेशन पर सी भरवाते वक्त आपको गाड़ी से उतरना पड़ता है तो क्या कभी सोचा है कि जब पेट्रोल भरवाते टाइम ऐसा नहीं करना पड़ता फिर सी में ऐसा क्यों है अगर नहीं तो बता दूं कि ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन है क्योंकि दोस्तों अपने यहाँ ज्यादातर गाड़ियों की सी एन कंपनी फिटेड नहीं रही है और ऐसे में रिफ्यूलिंग के टाइम गाड़ी में लोगों के हिलने से कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए गाड़ी को खाली करवा के रिफ्यूल करवाने का रिवाज चल पड़ा इसके अलावा बता दूँ कि सीएनजी गैस पेट्रोल की तरह सीधे एक टंकी में उड़ेली नहीं जाती बल्कि इसे नोजल के जरिए भरा जाता है और तो और एक सीएनजी एन सिलेंडर के अंदर का प्रेशर दो सौ तक जा सकता है और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है की इसे भरते वक्त कोई भी रिस्क लेना समझदारी नहीं है वैसे भी आग लगने की घटनाए सी एन जी स्टेशन आरोप पेट्रोल पंप से कहीं ज्यादा होती हैं। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि सी भरवाते टाइम गाड़ी से उतरना ही समझदारी है फैक्ट नंबर टू दोस्तों सुबह उठने के बाद ज्यादातर मैंगो लोग सीधे बाथरूम के सामने जाकर अपना ब्रश उठाते हैं और उस पर डालते हैं ये परफेक्ट लाइन में निकलने वाली टूथपेस्ट लेकिन वे इस ट्यूब में ऐसी टूथपेस्ट हमेशा कलर के इस परफेक्ट पैटर्न में कैसे निकलता है क्या इसके पीछे भी साइंस है तो दोस्तों बता दूं कि बिल्कुल है और इस साइंस का नाम है रियोलॉजी जिसे साइंस ऑफ फ्लो भी कहते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि इन परफेक्ट पैटर्न्स को पाने के लिए ट्यूब में अलग अलग कलर के टूथपेस्ट को अलग अलग नोजल्स की मदद से फिल किया जाता है लेकिन उनका फ्लो ट्यूब के माउथ ऐसी उसके दूसरे सिरे तक एक ही होता है अब ट्यूब आरोप जब भी पीछे ऐसी प्रेशर डाला जाता है तो ट्यूब में ऐसी ये सभी कलर की पेस्ट एक साथ ही बाहर आती है और हमें मिलता है सुबह सुबह ये रिफ्रेशिंग सा पैटर्न फैक्ट नंबर थ्री दोस्तों आपने कभी ना कभी सांडे के तेल के बारे में पढ़ा चाहे ना हो लेकिन सुना जरूर होगा कई बुद्धिजीवी ये किस काम आता है इसका भी आइडिया रखते होंगे लेकिन असल सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये सांडे का तेल होता क्या है और ये कहाँ ऐसी मिलता है अगर दोस्तों ये सवाल आपके लिए भी अभी तक एक पहली ही है तो मिलिए इस कमाल की छिपकली से, जिसे देसी भाषा में सांडा कहते हैं ये छिपकली हमारे देश के राजस्थान और गुजरात के रेतीले इलाकों में खूब पाई जाती है लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि इनके पेट में मिलने वाली इस चर्बी के चक्कर में इन्हें पकड़ा और मारा जाता है सांडा छिपकली में मिलने वाली इसी चर्बी ऐसी निकलने वाले तेल को दोस्तों सांडे का तेल कहते हैं जहाँ नीम हकीम इस तेल को जादुई बताते हैं तो वही डॉक्टर्स का कहना है कि ये किसी भी दूसरे एनिमल ऑयल जैसा ही है और इसमें कुछ भी खास नहीं किसकी बात बेहतर है आप खुद समझे तो करते हुए देखा और अगर आप भी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले तो आप भी इसे परफेक्ट कर सकते हैं लेकिन उनका एक डांस मूव जो कॉपी करना शायद किसी के भी बस की बात नहीं थी वो था उनका ये लीन डांस जिसमे माइकल पैतालीस डिग्री तक परफेक्टली टिल्ट होकर डांस करते थे इसमें दोस्तों वो बिना किसी चीज को होल्ड किए खुद को आगे की तरफ झुका लेते थे जो फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और अगर ऐसा कोई ट्राई भी करता है तो उसका अंजाम ये होगा खैर आपको डिसमेंट होगी ये जानकर की माइकल का ये डांस मूव एक ट्रिक से ज्यादा कुछ भी नहीं था क्यूँकी एमजे के इस फैंटेस्टिक लीन डांस का सीक्रेट छिपा था उन्हीं के जूतों में जी हाँ दरअसल परफॉर्मेंसेज के दौरान माइकल जैक्सन के जूतों में ये स्पेशल ट्रायंगुलर हील्स बनी होती थी जो वो स्टेज पर एक खास जगह पर खड़े होकर नीचे पेग्स में फंसा लेते थे और इस तरह उन्हें मुह केवल टल्ट होने की सपोर्ट मिल जाती थी लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें सारा कमाल जूतों का ही था क्यूँकी पैंतालीस डिग्री तक शरीर को झुकाने में बहुत ही ताकत और फ्लेक्सीबिलिटी की जरुरत पड़ती है जिसके लिए माइकल अपनी टीम के साथ घंटों रिहर्सल करते थे फैक्ट नंबर फाइव दोस्तों दुनिया में ऐसे कई जहरीले सांप हैं, जो अगर इंसान को डस ले तो पानी तक ना मांगने दे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तब क्या होता होगा जब एक जहरीला सांप दूसरे जहरीले सांप को काटता है अगर नहीं सोचा तो आज मुहूर्त अच्छा है खैर बता दू की एक ही प्रजाति के सांप आमतौर आरोप एक दूसरे को नहीं काटते और काटते भी है तो उन पर जहर का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसी कंपोजिशन का जहर वो खुद भी प्रोड्यूस करते हैं दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि दो अलग-अलग प्रजाति के जहरीले सांप एक दूसरे को काट लें और वेनम इंजेक्ट कर लें। अब इस केस में क्या होगा कि जिसका भी वेनम यानी कि जहर ज्यादा जहरीला होगा वो दूसरे सांप को मार देगा अब जैसे अजगर यानी की पायथन में जहर नहीं होता तो उसे कोई कोबरा बाइट कर दे तो अजगर की मौत पक्की है तो कुछ है समझे फैक्ट नंबर सिक्स दोस्तों कोरोना महामारी के दौरान इस पल्स ऑक्सीमीटर की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई थी क्योंकि ये घर बैठे बैठे कोरोना के मरीजों को उनकी हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल बताने का काम कर रहा था इसे इस्तेमाल तो सबने किया लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि ये छोटा सा डिवाइस हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन है इसका पता कैसे लगाता है नहीं सोचा तो भी बता दू की एक पल्स ऑक्सीमीटर के दो जरूरी इंटरनल कम्पोनेट होते हैं एक होता है लाइट सोर्स और दूसरा है फोटो डिटेक्टर और आप तो जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में खून के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है लेकिन हीमोग्लोबिन के सभी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कैरी नहीं करते इसके अलावा एक ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन और बिना ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन दोनों ही अलग अलग कलर यानी की वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं अब होता क्या है की लाइट सोर्स आपकी अंगुली आरोप लाइट डालता है और फोटो डिटेक्टर ये पता लगाता है कि अगर 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स निकले हैं तो उनमें से कितने बिना ऑक्सीजन के थे और इसी के आधार पर ऑक्सीमीटर के डिजिटल पैनल पर आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल देख पाते हैं हार्ट बीट बताना तो एक ऑक्सीमीटर का कॉम्प्लीमेंट्री काम है बस फैक्ट नंबर सेवन दोस्तों एलोन मस की नई नई टिगड़ा और खुराफाती प्लान के बारे में हम आपको अक्सर बताते रहते हैं इसी कड़ी में आज लाया हूँ मैं आपके लिए कुछ नया जी हाँ ये है उनका लेटेस्ट वेंचर साइबर हाउस अरे देखने में ये किसी मूवी से निकला फ्यूचर का घर लगता है जो एक इमरजेंसी शेल्टर का काम कर सकता है जैसे किसी वर्ल्ड वॉर में या फिर मार्स की सतह पर। बता दू कि इस फ्यूचर हाउसिंग प्रोटोटाइप के तीन अलग अलग है, से लेवल है जिनमें ऐसी बीच वाला लेवल लिविंग एरिया है ऊपर वाला खाना उगाने के लिए और सबसे नीचे वाला हिस्सा एक बंकर है इसे साइबर हाउस में स्टील कंक्रीट वॉल आर्बर्ड विंडोज और मेटेलिक ब्लाइंड्स लगी हैं, जो किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी झेल सकती हैं। और रेडिएशन को खत्म करने के लिए इसके लिविंग एरिया में एक डी कंटेमिनेशन शावर भी मौजूद है इलेक्ट्रिसिटी के लिए टेरिस आरोप सोलर पैनल है पर इनके सोलर पैनल काम न करे तो ऐसे में पावर के लिए इन मिनी विंड मिल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों एलोन का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट फिलहाल तो कॉन्सेप्ट स्टेज में ही है लेकिन इसकी कीमत आंकी जा रही है आठ लाख पैंसठ हजार डॉलर यानी कि छह करोड़ रुपए से भी ज्यादा फैक्ट नंबर एट दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि दिसंबर 2020 में ब्रिस्टल इंग्लैंड के इस आम से दिखने वाले घर की कीमत इस सिंपल सी पेंटिंग बनने के बाद सत्रह गुना बढ़ गयी थी जी हाँ लेकिन दोस्तों न तो ये पेंटिंग आम अरे नहीं इसे बनाने वाला आर्टिस्ट दरअसल ये काम है मशहूर अंडरग्राउंड स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंक्सी का जो यूरोप के अलग अलग शहरों में ऐसा क्रिएटिव स्ट्रीट आर्ट बनाने के लिए मशहूर है लेकिन इसकी असली पहचान अब तक दुनिया के सामने नहीं आई है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बैंक्सी ने इस पेंटिंग की फोटो पोस्ट की और इसे नाम दिया अच्छू जिसके बाद एलिन माकि नाम के होम ओनर इस घर को बेचने की अब अपनी एक ऑलरेडी फाइनल हो चुकी डील को कैंसिल कर दिया क्योंकि अब ये बिल्डिंग पहले से कहीं ज्यादा वर्थ की थी ये होती है दोस्तों आठ की ताकत फैक्ट नंबर नाइन दोस्तों पिछले सौ सालों में ऐसे बहुत से रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स आए हैं जिन्हें हम अब उन प्रोडक्ट्स के नाम ऐसी नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाली कंपनी के नाम ऐसी पहचानने लगे है जैसे फोटो के लिए जेरोक्स और इंटरनेट सर्च के लिए गूगल सर्दी के ठंडे दिनों में चाहे गरम रखने के काम आने वाली थर्मस को भी इसका ये नाम इसे बनाने वाली कंपनी थर्मस एलएलसी से ही मिला था लेकिन दोस्तों ऐसे बेहद पॉपुलर ब्रांड्स के साथ होता क्या है कि उनके ब्रांड नेम का दुनिया में इतना इस्तेमाल होता है कि वो उस पर अपना ट्रेडमार्क ही खो देते हैं और वो ब्रांड नेम एक ब्रांड नेम नहीं बल्कि किसी प्रोडक्ट के लिए एक जेनरिक टर्म बनकर रह जाती है ऐसे किसी प्रोडक्ट का नाम अगर आप भी जानते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में हमें बताए बाकी आपके योर ओन फैक्ट तो मैं लेकर आता ही हूँ जो आज हमें भेजा है शेरपाल सिंह जी ने शेरपाल जी अपने फैक्ट में एक आम रेलवे स्टेशन और जंक्शन के बीच क्या फर्क होता है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तो दोस्तों जहाँ रेलवे स्टेशन किसी रेल रूट आरोप स्टॉपेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है वही जंक्शन एक ऐसा रेलवे स्टेशन होता है जहाँ दो ऐसी ज्यादा रेल रूट आपस में मिलते हैं जैसे की मथुरा जंक्शन जहाँ देश में सबसे ज्यादा सात रूट्स आपस में मिलते हैं इसके अलावा टर्मिनस या फिर टर्मिनल उन ट्रेन स्टेशन को कहा जाता है जहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती और रेल रूट वहीं खत्म होता है तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सफर भी हम यहीं खत्म करते हैं मिलेंगे जल्द ही एक दूसरी इन्फॉर्मेटिव और असम वीडियो में तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखे खुश रहे और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया